नमस्कार दोस्तों मैं हूं रुपेश और आप सभी का स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स एजुकेशन पर आज की क्लास करेंगे छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास जो आपके आने वाले छत्तीसगढ़ भर्ती में काफी महत्वपूर्ण हो सकता है तो आज देखेंगे छत्तीसगढ़ में कल्चुरी इतिहास के ऐसे ऐतिहासिक पृष्ठ के बारे में जो आपके हर एक एग्जाम में दो से तीन नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि छत्तीसगढ़ के जो मध्यकालीन इतिहास है वहाँ पर कलचुरियो वंश के जो संस्थापक कौन है क्या है पूरी जानकारी आपको मैं बताने वाला हूँ अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा लेटेस्ट टेम पर लेटेस्ट टे वीडियो अपलोड की जाती है साथ ही अगर आप लोग व्यापम पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। तो देखिए जैसे कि आपका एग्जाम में आने वाले हैं छत्तीसगढ़ के जो भी भर्ती आने वाली है चाहे आप पीएससी एग्जाम की तैयारी करें चाहे व्यापम का उसमें छत्तीसगढ़ से एक से दो नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं मध्यकालीन इतिहास से ठीक है तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू ठीक है तो देखिए जैसे की आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा की छत्तीसगढ़ में ठीक है जो कृष्ण राज है ठीक है कृष्ण वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है क्या कहा जाता है छत्तीसगढ़ में जो कृष्णराज है आपका ठीक है मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं जो कलचुरी वंश के बारे में तो ठीक है जो कृष्णराज है आपका याद रखिएगा जो पढ़ने से पहले जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ उसको नोट करते हुए चलेगा कृष्ण ठीक है, है जो कृष्ण है आपका कलचुरी वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष कहा जाता है आपके विगत वर्षो में दो से तीन बार आया हुआ प्रश्न है ठीक है कृष्णराज आपका राजी वंश का मूल पुरुष या फिर आदि पुरुष कहा जाता है इसके बारे में बात करने वाले हैं वाम राजदेव के बारे में ठीक है जो वाम राजदेव आपका त्रिपुरी में कलचुरी वंश का संस्थापक है कौन है त्रिपुरी में कलचुरी वंश का संस्थापक है उसके बाद हम बात करेंगे संस्थापक के बारे में उसके बाद कोकल प्रथम यानी कि जो कोकल प्रथम है त्रिपुरी के स्थायी यानी कि राजधानी बनाया किसने प्रथम ने त्रिपुरी में जैसे कि की आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि त्रिपुरी यानी की स्थायी अध्यक्ष किसने बनाया है कोकल प्रथम ने त्रिपुरी में स्थायी राजधानी बनाया अब बारे में बात करने वाले हैं कि शंकर द्वितीय में पूरा लाइन से मैं आपको डिटेल बता रहा हूं जैसे कि आपके स्कोर से दिया गया है ठीक है उसके बारे में बात करें कि शंकरगढ़ द्वितीय है, ठीक है जो शंकरगढ़ द्वितीय पाली को जीता था किसने जीता था पाली को जीता था उसी उसी प्रकार हम बात करें उसके बाद जस्ट नीचे है आपका लक्ष्मण जी ठीक है लक्ष्मण राज ने संस्थापक किया था सबसे पहले हम बात करें पहला कृष्ण उसके, उसके बाद वाम देव, उसके बाद कुपल्य प्रथम उसके बाद शंकरगढ़ द्वितीय उसके बाद लक्ष्मण राज उसके बाद कलिंग राज ठीक है जो कलिंग राज है आपका उसके बारे में पूरा जानकारी बताने वाला हूँ रास्ता जरूर बने रहिएगा आपके शायद एग्जाम में एक से दो नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं ठीक है पूरा डिटेल जानकारी में बताने वाला हूँ इसके बारे में देखेंगे लक्ष्मण राज ठीक है इसके जस्ट नीचे आपको कलिंग राज ठीक है जो कलिंग राज है एक ईसा पूर्व में 1000 ईसा पूर्व से लगभग एक ईसा पूर्व तक इस संस्थापक किया था यानी कि शासन किया था उसी प्रकार पाली को जीतकर कलिंग राज्य की स्थापना किसको जीतकर पाली को जीतकर कलिंग राज्य की स्थापना की है ठीक है अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ कलचुरी की राजधानी के बारे में जो मार है ये सब पूरा जानकारी डिटेल से आपको मैं बताने वाला हूँ वीडियो पर कहीं जाइएगा मत एक छोटी सी ब्रेक के बाद साथ ही कलचूरी वंश की जो पूरा डिटेल है आपको बताने वाला हूँ छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास के, के बारे में देखने वाले हैं जो आपके हर एक एग्जाम जैसे व्यापार पी एस सी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है दो से तीन नंबर तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कंटिन्यू कीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा डेली क्लास करने के लिए वीडियो को लाइक करते हुए चलेगा तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि छत्तीसगढ़ में कल्चोरी वंश यानी कि छत्तीसगढ़ में कल्चरी की स्थापना संस्थापक कौन है क्या है पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहेगा तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये आपके सी जी में विगत वर्षो से एक से दो नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं ठीक है तो देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कल्चोरी वंश के जो संस्थापक हैं, जो इसकी स्थापना हुई है ठीक है तो छत्तीसगढ़ में जो कल्चोरी वंश की स्थापना हुई है आपका एक हजार ईसा पूर्व में हुई ठीक है देख सकते हैं जैसे कि छत्तीसगढ़ में जो की जो स्थापना हुई है आपका एक हजार ईसा पूर्व में हुआ है देखिए जैसे की अभी जो एक या दो वर्ष पहले आपके एग्जाम में पूछा गया था व्यापक में कि छत्तीसगढ़ में कल्चुरी वंश का जो संस्थापक है ठीक है तो कल्चोरी वंश का जो संस्थापक है आपका यहाँ पर देख सकते हैं कलिंग्रा ये आपके व्यापम में पूछा गया था उसी प्रकार में आपको पूरा डिटेल आपको जानकारी देने वाला वीडियो पर बने रहिएगा ठीक है, है? देखिए छत्तीसगढ़ में सबसे पहले हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो कलचोरी स्थापना एक हजार ईसा पुरोह में हुई थी लगभग एक हजार में याद रखिएगा साथ ही सर्वाधिक समय यानी की छत्तीसगढ़ में कलचोरी वंश ने सर्वाधिक समय यानी की सबसे ज्यादा शासन करने वाला वंश कौन है तो आप बताएंगे कलचोरी वंश एग्जाम आपका की सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन है तो देखिए छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा यानी कि सर्वाधिक यानी कि शासन करने वाला वंश है आपका कलचोरी वंश उसी प्रकार हम बात करें शासन काल के बारे में ठीक है जो शासन काल है आपका छत्तीसगढ़ में जो कल्चुरी वंश हुआ था उसका शासन काल के बारे में बात करें तो 1000 हजार पूर्व से लेकर सत्रह सौ पूर्व तक यार रखना आपकी एग्जाम में पूछा जाता है ठीक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है व्यापम का उसमें एग्जाम में पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में जो कल्चुरी वंश है उसका शासन काल के बारे में ठीक है देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में शासन काल है आपका एक हजार ईसा पूर्व से 1741 सौ ईसा पूर्व था और संस्थापक के बारे में बात करें तो जो संस्थापक है आपका छत्तीसगढ़ कलिंगराज कौन है इसका संस्थापक कलिंगराज जबकि अंतिम शासक पूछा जाए तो क्या बताएंगे रघुनाथ सिंह बताएंगे ठीक है अंतिम शासक पूछा जाए तो आप बताएंगे रघुनाथ सिंह ठीक है हैं संस्थापक के छत्तीसगढ़ तो तो तो की, तो तो की जो राजधानी छत्तीसगढ़ में जो राजधानी है आपका हो जाएगा तो मान यानी कलिंगरा छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर के बारे में बात करें तो रत्नदेव प्रथम है ठीक है एक बार फिर से देखिएगा जो यहाँ पर राजधानी छत्तीसगढ़ की राजधानी यानी कि कलिंगराज में तो मार दिया गया जबकि कलिंगरा तो मार की राजधानी कौन है कलिंगराज जबकि रतनपुर में रत्नादेव प्रथम है ठीक है ये आपके हाल ही पीएससी में पूछा गया था बहरेंद्र शाह 2023 में पीएससी में पूछा गया था हाल ही जो एग्जाम हुआ था यूपीएससी में उसमें दो हजार तेईस में पूछा जाएगा छुरी कोस गई ये आपका आएगा बहरेंद्र शाह क्या आएगा बहरेंद्र शाह याद रख लीजिएगा एक शाह एक बार फिर से मेरे साथ दोहराइएगा कि छुरी कोस गई आपका छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का जो छुरी कोस गई है आपको बहारेंद्र से लिया गया है 2023 की पीएससी एस एग्जाम में पूछा गया है अब बात करेंगे देवी यानी कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का जो कुल देवी है क्या बताएं मैं आपको छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ की जो कुल देवी ठीक है यह आपका लक्ष्मी देवी ठीक है कुल देवी कौन है लक्ष्मी देवी जी है उसी प्रकार यहाँ पर बात करें उपासक का ठीक है जो उपासक है छत्तीसगढ़ में कलचोरियों का जो उपासक है, है? है आपका ठीक है, जो, है से लिया जो, में जो हुआ था जो राजकीय भाषा वो आपका आ जाएगा संस्कृत भाषा से जबकि प्रसिद्ध कवि एग्जाम में पूछा गया है आपका दो हजार उन्नीस में आया हुआ था व्यापक एग्जाम में ये आपका आ यानी की रिवेन्यू इंस्पेक्टर और की में आया हुआ ध्यान से समझिएगा देखिए मराठा कालीन प्रथम कलचुरी शासक यानी की छत्तीसगढ़ में जो प्रथम शासक है यानी की मध्य मराठा कालीन प्रथम कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह कौन है आपका रघुनाथ सिंह जबकि यहां पर पूछा जाए कि मराठा कालीन अंतिम शासक तो क्या बताएंगे आप मोहन सिंह कौन है आपका मोहन सिंह ठीक है देखिए मराठा कालीन प्रथम कंजोरी शासक रघुनाथ सिंह है जबकि आपका अंतिम शासक हो जाएगा कौन है मोहन सिंह ठीक है अब देखिए यहाँ पर रतनपुर में के प्रमुख शासक के बारे में बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में रतनपुर में जो के शासक कल्चोरी तीन प्रकार के शासक है वो कौन कौन से हैं एग्जाम में पूछा जाता है क्रम वाइज ठीक है क्रमवाइज अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप बताएंगे सबसे सब पहले कलिंग कमलराज फिर रत्नदेव प्रथम एक बार फिर से दोहराइए याद कर लीजिएगा कॉपी में नोट करते हुए चलिएगा ठीक है तो देखिए रतनपुर में कंचोरी वंश के प्रमुख शासक कौन है ठीक है तो रतनपुर में कंचोरी वंश के प्रमुख शासक के बारे में बात करें तो सबसे पहला कौन सा आ जाएगा आपका फिर से बताइएगा कलिंगराज दूसरा है आपका कमलराज और तीसरा है रत्नदेव प्रथम याद रखियेगा क्रम एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछा जाता है ठीक है तो देखिए एक बार फिर से देखिएगा रतनपुर में कंचोरी वंश के प्रमुख शासक के बारे में बात करें तो पहला आपका हो जाएगा कलिंग कौन हो जाएगा पहला आपका कलिंग दूसरा हो जाएगा कमलराज एक हजार बीस ईसा पूर्व तक यानी कि जो कलिंग के बारे में बात करें तो एक हजार ईसा पूर्व से एक हजार बीस ईसा पूर्व तक शासन किया है उसके बाद कमल राज के बारे में बात करे तो जो कमल राज है आपका एक हजार बीस से एक हजार पैंतालीस के आसपास ठीक है याद रखेगा एग्जाम ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछा जाता है ये सन में आता है ठीक है कमलराज ने कितने वर्षों तक शासन किया है कलिंगराज ने कितने वर्षों तक शासन किया है क्रम वाइज पूछा जाता है ठीक है ऑब्जेक्टिव तौर पर एक से दो नंबर प्रश्न आता है यहाँ से ठीक है उसके बाद हम बात करें छत्तीसगढ़ में जो रत्न प्रथम है एक हजार पैंतालीस से एक हजार पैंसठ के आसपास ठीक है एक हजार पैंतालीस से लगभग एक हजार पैंसठ फीसक पूर्वोतर रत्नदेव प्रथम ने शासन किया है ये जो तीनों हैं, ये तीनों जो शासक हैं, छत्तीसगढ़ में कल्चर के प्रमुख शासक हैं। ठीक है यहाँ तक क्लियर हुआ इसके बारे में हम अब पूरा डिटेल बताएंगे कलिंगराज कमल और रत्नदेव प्रथम ये आपका द्वितीय भाग यानी कि पार्ट वन वीडियो था ये आपका पार्ट टू वीडियो में आपको पूरा डिटेल जानकारी बताया जाएगा अगर यह आपका वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा साथ ही वीडियो देखने के लिए चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख सकते हैं अगर आप लोग आने वाली भर्तियाँ यानी कि छत्तीसगढ़ में जो भी भर्तियाँ आएंगी जैसे हॉस्टल वार्डन हो गया है एस भर्ती मेन्स की क्लास चल रही है साथ ही टीडियो की क्लास आ सकता है बहुत जल्द अगर छत्तीसगढ़ में आप लोग व्यापम पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा डेली क्लास करने के लिए और डेली क्लास करिएगा बिल्कुल और आप कमेंट में बताइएगा कि कौन सी वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं ठीक है आज के लिए इतना ही पार्ट टू वीडियो का इंतजार करते रहिएगा आज के इतना ही बहुत बहुत